वेलकम टू आईडीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ जो कि प्रॉफिट और लॉस से मतलब कि लाभ तथा हानि से अब हम देखेंगे कि लाभ तथा हानि क्या चीज़ है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें कुछ पैसों का या तो प्रॉफिट होता है या तो लाभ होता है तो अब हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से हम ये निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है अब इस चैप्टर में यही चीज सीखेंगे सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं अब हम क्रय मूल्य जानेंगे कोई वस्तु जब हम मार्केट में परचेज करते हैं मतलब क्रय करते हैं तो हम उसे क्रय मूल्य में बोलते हैं और विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हम उसे सेलिंग प्राइस के नाम से या विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं अब हम देखेंगे प्रॉफिट मतलब लाभ किसे बोलते हैं जब क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए कोई चीज तो वह हमारी प्रॉफिट कहलाती है मतलब कि ऐसे आप समझेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं लाभ जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो उस स्थिति में लाभ कहलाता है नेक्स्ट है हानि किसे बोलते हैं लॉस जब क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाए मतलब कोई वस्तु तो जब क्रय मूल्य की वैल्यू से कम पर बेची जाए सेलिंग करी जाए तो वह हानि कहलाती है अब हम देखेंगे देखे लाभ तथा हानि किस तरीके से निकालते हैं यह फॉर्मूला है P बराबर SP पी माइनस अब सबसे पहले P का मतलब है प्रॉफिट हिंदी में लाभ एल का मतलब है लॉस हिंदी में हान नेक्स्ट है एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब विक्रम होक्स्ट है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हिंदी में त्रै हों मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब लाभ बराबर सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मिन्नी में ग्राम मूल्य माइनस बी multiply 100 100 100 ये आपको, आप तो तो आपको क्रैमूल निकालना होगा कॉस्ट प्राइस तो हो जाए एस पी मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नेक्स्ट हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 पॉइंट 100 माइनस लॉस परसेंट अब हमें एक चीज नोट करनी है लाभ या हानि तथा लाभ या हानि प्रतिशत सदैव क्रैबुल मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे से क्लियर हो जाएगा मान लिया एक क्वेश्चन था एक वस्तु एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹500 है तथा विक्रय ला हमें क्या दिया हुआ है क्रय मतलब मतलब CP बराबर 500 रुपए रुपए है विक्रय विक्रय मतलब SP 600 अब इसमें पता पूछा गया कि कि लाभ लाभ होगा होगा जब जब हमें हो जब अधिक होगा और क्रय क्रमूल कम होगा तब हमें लाभ निकालना है तो P बराबर एस पी माइनस सी पी का मान कितना दिया हुआ है 600, सौ सीपी का मान 500. मतलब प्रॉफिट कितना आ गया सौ रुपए ये हो गया हमारा प्रॉफिट अभी हमने प्रॉफिट के लिए बताया बता क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए मान लिया मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से अधिक पर अगर बेचा जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया हंड्रेड रुपीज अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू है पैकेट को 24 रुपए में बेचा गया बेच दिया गया तो हमें ज्ञात क्या करना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत याद करना है सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है तीस रुपए की चाय की पत्ती को चौबीस रुपए में बेच दिया गया मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय क्रैफ हमारा बीस रुपए है बेचा कितने में गया चौबीस रुपए में तो सेलिंग प्राइस चौबीस रुपए तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ तो P बराबर SP पी, पी माइनस सी पी। तो कितना आ जाएगा 24 माइनस बीस बराबर चार रुपए तुम्हारा प्रॉफिट आ जाए चार रुपए अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है P प्रतिशत बराबर P बटे चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट हमेशा निकलेगा सीपी पे, मतलब त्रमूल पर तो पी हमारा कितना है? चार कॉस्ट प्राइस त्रमूल कितना है बीस मल्टीप्लाई सौ तो बीस पंच तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाए पी बराबर ट्वेंटी परसेंट ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव किसी वस्तु को मतलब लॉस प्रतिशत बराबर 20 तो हमें क्रैमूल निकालना है तो क्रैमूल निकालने के फार्मूला क्या है सीपी बराबर इसमें कौन से कौन सा निकालेंगे फार्मूला लगाएंगे हमें लॉस परसेंट दिया हुआ इसको लगाएंगे सीपी बराबर क्रैमूल करना है सीपी बराबर 100 माइनस एल प्रतिशत बटे सौ तो एस पी हमारे कितना दिया हुआ है 150 ब्रैकेट में 100 माइनस एल कितना दिया हुआ है ट्वेंटी बटे सौ तुम्हारा तो आ गया 150 सौ यहाँ पे 80 आएगा बटे सौ ट्वेंटी परसेंट था तो एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 15 डी तो कितना हो गया 120 तो यही पूछा गया था सीपी पी क्रय मूल्य कितना होगा तो क्रय मूल्य हमारा एक रुपए आ गया अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को तो हमें क्या याद करना है ट्वेंटी परसेंट की हानि जब परसेंट में वैल्यू दी गई होगी और सेलिंग प्राइस दिया होगा अब हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सीपी बराबर एफ पी हंड्रेड अपान ट्वेंटी परसेंट किया तो हंड्रेड अपान हंड्रेड माइनस ट्वेंटी तो सेलिंग प्राइस कितना है रुपए में बेचने पर हंड्रेड तो तो माइनस मतलब का अस्सी आ गया तो आ जाएगा आठ हजार मल्टीप्लाई सौ बस्सी एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आ गया हमारा ये हमारा अस्सी हजार रुपए इसका त्रमूल्य इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं और उसके कुछ फार्मूले लिखा हुए हैं अब आप इसका स्क्रीनशॉट इस ले सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें Thanks for watch my video